लाल सिंह चड्डा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हो चुकी है लेकिन सिर्फ लाल सिंह चड्डा ही नहीं और भी कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें अब तक सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है आखिर वो फिल्में कौन सी हैं जो सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुईं और उन्हें एक लंबा चौड़ा नुकसान उठाना पड़ा तो आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की अब तक सबसे बड़ा घाटा उठाने वाली फ़िल्मों के बारे में बताएँगे आखिर वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा नकारा गया और उनका जो घाटा है वो सौ या दो सौ करोड़ नहीं बल्कि पूरे हजार करोड़ के आसपास हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को लाल सिंह चड्डा फिल्म सत्तावन करोड़ रुपए की कमाई पर रुकती हुई नज़र आ रही है इस फिल्म को 170 करोड़ रुपए के बड़े बजट में तैयार किया गया था अगर फिल्म 60 करोड़ भी कमा पाती है तो इसे 110 करोड़ रुपए का नुकसान होगा भारत के लिहाज से ये एक बड़ा नुकसान है लेकिन अगर विश्व सिनेमा की बात करें तो ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें दो सौ या चार या पाँच करोड़ नहीं पूरे आठ करोड़ का नुकसान हुआ है अगर वर्ल्ड सिनेमा की बात करें तो आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया की आठ फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अब तक बड़ा घाटा हुआ है आठवें नंबर पर है द अलामो 2004 की फिल्म द अलामो दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है इस फिल्म को 1990 से लिखना शुरू किया गया था जिसके बाद इसके तीन बार राइटर बदले गए फिल्म को इमेजिन एंटरटेनमेंट और डिजनी ने मिलकर प्रोड्यूस किया था दोनों प्रोडक्शन के बीच फाइनेंस पर अनबन रही फिल्म को पहले रॉबर्ट रोडरिज डायरेक्ट कर रहे थे उन्होंने डिज्नी को बजट बढ़ाने की सलाह दी लेकिन उसके उलट डिज्नी ने डायरेक्टर ही बदल दिया फिल्म के सेट और वॉर सीन में मेकर्स ने पानी की तरह पैसे बहाये लेकिन फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट करीब सात करोड़ का था और इसने जो बॉक्स ऑफिस पर कमाई की वो करीब एक करोड़ की और जो नुकसान उठाना पड़ा इस फिल्म को वो था पांच करोड़ रुपए का अगली जो फिल्म है उसका नाम है द नीडी दो हजार दस में रिलीज हुई 3D द्रैकरसी म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म थी फिल्म को रिलीज पर नेगेटिव रिस्पांस मिला फिल्म को 551 करोड़ का नुकसान हुआ यह डायरेक्टर कोंचाल वोस्की का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे तैयार करने में उन्होंने बीस साल मेहनत की फिल्म ने 2010 की सबसे घटिया फिल्म का मेटा क्रिटिक एंड वर्स्ट फिल्म अवार्ड जीता था जिस अवार्ड को जीतना कोई भी फिल्म नहीं चाहती द्रैकर थ्री डी सात सौ तेरह करोड़ रुपए में तैयार हुई थी अगर इसके कलेक्शन की बात की जाए तो इसका कलेक्शन था मात्र एक करोड़ रुपए और नुकसान हुआ पांच करोड़ का अगली फिल्म है हाउ डू यू नो साल दो की फिल्म हाउ डू यू नो दुनिया की छहवीं सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है इस फिल्म को 951 करोड़ रुपए में तैयार किया गया था जिसने मैज़ दो करोड़ का ग्लोबल कलेक्शन किया था जेम्स एल ब्रूक ने ही फिल्म का लेखन और निर्देशन किया यानी उन्होंने ही लिखा और डायरेक्ट किया वो इस फिल्म में 2005 से काम कर रहे थे फिल्म बनाने में उन्हें दस साल लग गए लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है ये एक्टर जैक निकल्सन के करियर की आखिरी फिल्म थी उ डू यू नो को नौ करोड़ में तैयार किया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था दो करोड़ का और नुकसान हुआ 555 करोड़ का अगली फिल्म है कट थ्रॉट आईलैंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्नीस के नाम दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म होने का रिकॉर्ड है सात करोड़ में बनी फिल्म सिर्फ 146 करोड़ कमा सकी फिल्म के मेकर्स को इतना नुकसान हुआ कि इसे प्रोड्यूस करने वाला प्रोडक्शन हाउस को पिक्चर्स हमेशा के लिए बंद हो गया पायरेट्स पर बनी फिल्म का नुकसान देखते हुए दुनिया में पायरेट्स थीम पर फिल्में बनना लगभग बंद हो गई थी 2003 में जब पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन रिलीज हुई तो फिर पायरेट्स पर फिल्म बनने लगी रीशूट और स्क्रिप्ट में लगातार बदलाव होने के चलते प्रोडक्शन हाउस शूटिंग के दौरान ही दिवालिया होने के कगार पर आ गया था इस फिल्म का बजट करीब सात करोड़ का था और इसने कलेक्शन किया था 146 सौ करोड़ का और नुकसान हुआ पूरे 582 सौ करोड़ का अगली फिल्म है द प्रोमिस ऑस्कर आईजेक स्टारर फिल्म वर्ल्ड वॉर वन के बैकड्रॉप में बनी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है फिल्म में कई विवादित सीन और नरसंहार दिखाया गया जो कई देशों के लिए आपत्तिजनक था भूराजनीति के कारण यूएस में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर तक नहीं मिले फिल्म में दिखाया गया है कि वर्ल्ड वॉर वन में डेढ़ मिलियन आर्मेनियाई लोगों का निधन हुआ लेकिन तुर्की सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था विवाद ऐसे बढ़े कि 713 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 10 गुना कम सिर्फ उन्यासी करोड़ ही कमा सकी मेकर्स ने सफाई में कहा कि ये फिल्म उन्होंने कमाई के लिए नहीं बल्कि लोगों को सच्चाई से अवगत कराने के लिए बनाई थी इस फिल्म को 713 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया इस फिल्म ने कलेक्शन किया उन्यासी करोड़ का और नुकसान हुआ पूरे छह करोड़ रुपए का अगली फिल्म है द एडवेंचर ऑफ प्लूटोनाश साल 2002 की फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ प्लूटोनाश में एक्टर एडी मर्फी ने डबल रोल प्ले किया यह एक साइंस फिक्शनल कॉमेडी फिल्म थी जिसे दुनिया भर में फ्लॉप घोषित कर दिया गया था 2014 में लॉस एंजलिस टाइम्स ने इस फिल्म को सबसे बड़े बजट की बनी दुनिया की सबसे फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में जगह दी थी जिसमें कोई भी जाना नहीं चाहता इस फिल्म का कुल बजट था सात करोड़ का कलेक्शन हुआ सिर्फ छप्पन करोड़ और नुकसान झेलना पड़ा सात करोड़ का अगली फिल्म है टाउन एंड कंट्री साल 2001 में रिलीज हुई हॉलीवुड की फिल्म टाउन एंड कंट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है फिल्म को उस जमाने में 832 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था जिसने बजट से 10 गुना कम बयासी करोड़ की कमाई की दो साल तक फिल्म की शूटिंग हुई जिससे मेकर्स ने दिन रात एक किए हालांकि नतीजा संतोषजनक नहीं रहा करीब दो सालों में शूटिंग पूरी हुई लेकिन जब डायरेक्टर स्क्रिप्ट से खुश नहीं हुए तो उन्होंने नई स्क्रिप्ट के साथ फिल्म रीशूट की लीड एक्टर वॉरेन बैटी ने भी सीन रेटेक से शूटिंग शेड्यूल खूब बढ़ाया बारह बार फिल्म की रिलीज डेट बदलने के बाद इसे 21 अप्रैल 2001 को रिलीज किया गया। इस फिल्म का कुल बजट था 832 करोड़ कलेक्शन किया सिर्फ 82 करोड़ और नुकसान हुआ 744 करोड़ का अब बात उस फिल्म की जिसका आप सभी को इंतजार था यानी दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म फॉरेस्ट गंफ जैसी फिल्म बना चुके डायरेक्टर रॉबर्ट जेमेस्किस की फिल्म मार्स नीड मॉम बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई इसे एनिमेशन पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए तैयार किया गया था हालांकि लोगों ने इसे पसंद नहीं किया लोगों ने इसे डिजास्टर और कृपी तक कहा नतीजा ये रहा कि ग्यारह करोड़ के बजट पर बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धड़ाम साबित हुई इस फिल्म का बजट था ग्यारह करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया सिर्फ 309 करोड़ का और नुकसान झेलना पड़ा 871 करोड़ का तो आज तक फिल्म के इतिहास में पूरी दुनिया में 871 करोड़ का नुकसान किसी भी फिल्म को नहीं हुआ है